ग्रीब का अंग गरीब मधमौले का मोलक है जो पर क्या कहे अतर देख्यालो ए गरीब मधमोले साई बस है। कमल निरंतर बास है। पाता लो तक पूर्ण पुरुष समृथ सतलोक निवास गरीब मद मुरारी रम रहा मौज कही न जा व्यापक ब्रह्म रहता दिल के माय है गरीब मधमोल्य का मैल है गगन खुलासा ख्याल सबक संसा शोक है निरख परख नी लाल गरीब ओगट घाटी अगम पंथ अलल पंख कोई ना जाने जन्म गति करे पियाना दास गरीब ओगट घाटी महल की चीर बंद है जी ब्रह्म द्वारा साकड़ा नहीं बैठत मनमीन गरीब ओ गट घाटी महल की ब्रह्मिंदर है बांक सैंस मुखी सतगंग है पंडित फूटी आख गरीब ओ गट घाटी अनंत आगे द्वारा एक ब्रह्मिंद्र धारा छोटे बरसत आप अलेख गरीब ओ घट घाटी जहाँ अभिगत का धाम ज्ञानी ज्ञाता का पंडित का काम ग्रीबे गट में ओ गट घाट है सुरते न लाए सतगुर मिले तो पाईए पंडित थके गरीब ग्रीबे घट घाटी अगमी दर ऊंचे भूमि विचारे केते पारखी फिर गए पाया नहीं दुआर ग्रीबे ओ गट घाटी मदनमुख पूर्व पश्चिम घाट और कहो को, को पाए है सन जो हैं बाट गरीब सन कादिक सेवन करें अभिगत ब्रह्म द्वार गंग शिव जटा कुंड पर चरण कमल प्रछार गरीब गंग छुट्टी सतलोक से आई शिव के दाम सनक सनंदन तप कर मै त्रलोकनी काम गरीब सिन्ना कुम्भ कमंडलम सनका दिक परसेब चरण गया जद बलि गंगा जटा महादेव गरीब केसो बंजारा भया बालक बरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केसो अवतार गरीब शिवको शिश न डूर कमंडल नीर चरणोद प्रछाल कर बैठे बुर्जन तीर गरीब ओ घट घाटी नाद सुर कुंभ भरें भरपूरे ब्रह्म द्वारा जद खुले दिख नूर झूर गरीब जिस दगड़े दुनिया गई पंडित पीर अनंत सो हमरे किस काम का पैर दर नहीं संत गरीब दो जग दगड़ा दुनिया का पंडित खेच मुहार गौसागर भुगत सदा को संग बेगार गरीब जिस दगड़े पंडित गए शेख सयद मुलान काजी कूक पढ़ंत हैं पढ़ पढ़ हरफ कुरान गरीब उस पैड़े पग दो नहीं दो दख दगड़ा दूत ओगट पंथ कबीरे का जाह दया सूत गरीब गट अंदर गुरु ज्ञाने हैं गट अंदर गुण मोहले जहाँ कबीरा पंथ है तहां की सोलो ऊपर फूल ओगट गाट का कोई एक जाने संत आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से आदरणीय गरीब दास जी महाराज जी के अमर बौद्ध ग्रंथ की वाणी का सीधा प्रसारण गरीब सुध नहीं पिंड प्राणे की कथनी अगम अगाट कभी जो बक्कत हैं उस दरग नहीं दाद गरीब स्वर्ग निशरणी लग रही पंडित तड़े न चढ़े नकोए कमद तडे गुरु ज्ञान से जाड़ शीष न हो गरीब सुन सलि सेज पर सतगुर सत कबीर संत सूरमा पहुँचही मुनजन धरन धीर ग्रीबे ताला बेली लग रही हम देखने का काचाव पोचेंगे सो कहेंगे योग अनंत चढ़ाव ग्रीबे शिखर समाधि शिखर गर शिखर सरोवर नान मुन जन मेलन पावे ही संतों बट आसान ग्रीबे परचय बोल पीर है अजमत आदर ने है सो और हैं संत बख्सन नहीं है ग्रीबे नाम्रता अभिगत मता हम सुरती समूहले जाके आगे बरस ही सुन सरोवर फूल गरीब दिश न वहाँ है नहीं सुरग नरक संसार पिंड दो नहीं इति एनार गरीब के पारखी जो हैरी खोजत बे हैरान भक्ति महोला संतई सतगुरु देव दान गरीब सतगुर जने सकल सुध फिर जन तत साहेब चाया हो ते अदर अमर कबीर कंत अभिगत की गति को लिमती है, है राम की कीमत नहीं ऐसा खेल अमान। ग्रीब के सो बंजारा भया बालद बरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार गरीब से हुआ रतनहार कबीर ग्रीबे मन हन सान सरो उड़ उड़ जात है धाम आया होत है अगर अमर कबीर कंत गरीब अभिगति की गति को लक गतिमती हैरान उपज की कीमत नहीं ऐसा खेल अमान गरीब के सो बंजारा भया बालद बरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार गरीब तनसी न किसे हुआ रचनहार कबीर चार तत ताबे सही जल तत आप शरीर गरीब मन हम सान सरवरम उड़ उड़ जात है धाम सोबर हो तो संतर सुणे काम गरीब स्वर्ग समूला सिंधु सर जाकर लगी जिहाजो बैठे सो पार है सतगुर साजा साग गरीब जिना सरोवर जिन मग जिन जिन्ना खेवन हार जिनी नोका नाम है जिन्हें उतर पार गरीब मोटे मग नहीं पावे सुजत है नहीं देस सुरती सुंदरी से कल कर चल कमल परवेश गरीब बंका पड़दा बाकपुर बाती सुरती सुबो पंडित घाट न पावै ही ज्ञान दान सब खोवे गरीब सतलोक में जाय करीब कबीर सात सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल Real रेप Worship को और घंटे के बटन को भी दबाएं।